क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका और कब बनाया गया था नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका और कब बनाया गया था भारत में सबसे पहला आधार कार्ड एक महिला का बनाया गया था जिनका नाम रंजना सुनवाने है यह आधार कार्ड 29 सितंबर दो को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उपस्थिति में बनाया गया था